करासिया में वन विभाग ने अवैध लकड़ियों से भरा पिकअप पकड़ा और लकड़ी ले जा रहे तीन आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है वन विभाग को लगातार लकड़ी तस्करी की शिकायत मिल रही थी फरासिया वन विभाग ने बाघ बर्दिया जंगल से अवैध लकड़ी की कटाई करके तस्करी करने वालों को एक पिकअप वाहन के साथ पकड़ा इस इलाके में लकड़ी तस्कर चोरी छुपे अवैध रूप से जंगल काटते रहते हैं रेंजर अलका भूरिया के पदस्थ होने के बाद स्टाफों की सहायता से निरंतर अवैध कटाई पर रोक लगाने में वन अमले को सफलता मिली है चौबीस आठ दो की घटना है रात्रि दस बजे की है बागबिया सर्किल के वन रक्षक और अपने द्वारा एक कार्रवाई की गई बागबिया मार्ग पर एक बुलरो वाहन की की गई बोलेरो वाहन द्वारा साबुन की चपट नौ नॉक बराबर जीरो पॉइंट एक सौ सत्ताईस एम मीटर माल लेके जाया जा रहा था इसके विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया है वन अपराध मध्य प्रदेश विजय नस्ट वनोपज परिवहन अधिनियम उन्नीस सौ की धारा आ, पाँच के तहत एवं मध्यप्रदेश प्रदेश काश चिरान अधिनियम की धारा के तहत अपराध को पंजीकृत किया गया है